<coughs> आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक <coughs> <coughs> गुड मैंने अपनी तरफ से पहले लॉगिन कर लिया था मैंने कहा बच्चों को थोड़ी सी टाइम लगता है आने में अभी भी कमी बच्चे हैं वालेकुम बेटे वालेकुम बेटे I'm good, thank you. आप लोग सब ठीक हैं खैरियत हैं अब तो सीधी सीधी सेहत पूछनी पड़ती है हालांकि सेहत बुजुर्गों से पूछी जाती है यंग लोगों से नहीं पूछी जाती जो जो हालात ऐसे हुए हैं जी। थर्टी हो जाएं पहले हम स्टार्ट करते हैं बीस इक्कीस बीस इक्कीस हो जाए वीडियो देख ली थी रीजनल ब्लड फ्लो की समझ आई नहीं आई ओके। लेंथ वो इसलिए था मैंने करना था लेंथ ही वो इसलिए था कि ये के लेक्चर्स है ना, तो ये इंडिपेंडेंट मैं रखता हूं यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा जो है वो मुंह उठा के ये वाला लेक्चर लगा ले तो उसको थोड़ा स्याको सबाक देना जरूरी है कॉन्टेक्ट देना जरूरी है डायरेक्ट उसमें इसीलिए पिछला भी रिवाइज़ बिल्कुल आपके लिए रिवीजन हो गई ना लेकिन आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर आप बिल्कुल न्यू व्यूअर हैं और आप पहली दफ़ा ये चीज़ देख रहे हैं तो आपको अचानक अजीब लगेगा भाई यह रीजन ब्लड फ्लो क्या होता है और ये हर ऑर्गन का अपना ब्लड फ्लो होता है ये क्या बात हुई मैंने तो सुना था कि हार्ट जो है वो सप्लाई करता है ब्लड वगैरह वगैरह तो इसलिए वो थोड़ा स्याकों सुबाक देने के लिए ना वो फिर इनिशियल पार्ट वो बेशक आप स्किप कर देते स्किप किया होगा इंशाला आपने तो बाकी जो कॉर्नरी की डिस्कशन है वो बहुत ज़रूरी है और जो आगे मैं रीनल वगैरह की बात कर रहा हूँ पलमरी हालांकि छोटा है पलमरी का पोर्शन लंग्स का पोर्शन लेकिन उसमें वो जो बात है ना वो बड़ा ज़रूरी है कि जो जगह हाइपोक्सिक होती है आ, लंग में वहाँ पे भी जो हो जाती है ये बड़ी की बात है ठीक है ना क्योंकि ये वो एक एक्सेप्शन है जो सिर्फ़ लंग में ही है ये बाकी जगह इस तरह की एक्सेप्शन नहीं होती बाकी जगह जहाँ पे हाइपोक्सिया होता है जैसे ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी हमने पढ़ी है तो वाणी बेटे तो जहाँ पे हाइपोक्सिया होता है वहाँ पे वेजो डाइलेशन हो जाती है लेकिन लंग में ये उल्टा मामला है लंग वाद इशू है टिशू है जहाँ पे हाइपॉक्सिया इंड्यूस करता है वेजो कंस्ट्रक्शन मैं ठीक हूँ बेटे और मैं नौ बजे से ठीक हूँ टाइम पर आया करो अच्छा जी अभी भी अट्ठाईस हुए हैं तीस अभी भी नहीं हुए मैंने तो आज टेस्ट की बात भी करनी थी अब हुए हैं तीस में लेना टिका के ठीक है ना हाँ जी मुझे ये बता दो बस के हार्ट और सर्कुलेशन को अलग लेना है या साथ लेना है टीका वो थ्री सीसी वाला लगना है या टेन सीसी वाला लगना है हाँ जी अरीज जी बेटे टेस्ट यू you नो know, टेस्ट मैं अभी वैसे अलग अलग ही सोच रहा था मैंने कहा जगाऊं तो सही ना सुबह सुबह तुम लोगों को हाँ हाँ सेपरेट ही तुम लोग हो इकट्ठे लेने वाले कार्डियो का टेस्ट है निकमो अलग अलग हाँ अलग अलग ठीक है तो ये मैं आपको बता दूं कि ये अब जो मैं डेट दूंगा ना वो उसमें फिर मैंने कुछ नहीं सुना वर्ड सुना सुना लगता है अभी समय में आ जाएगा वैसे हाँ जी बड़ी बेलियाँ हो गई हैं सुबह सुबह आते हो गप्पे लगाते हो भाग जाते हो हैं सारे तो अब ये सर्कुलेशन करके ठीक है सात सात तैयारी रखो हार्ट की तगड़ी तैयारी ठीक है तो मैंने तो रमज़ानों में ही आएगा बेटे अब रमज़ान तो सर पे है अल्लाह हम सबको को नसीब करे तो रमजान में खल ट्यूजडे से स्टार्ट हो रहे हैं अराउंड ट्यूजडे से यह हो सकता है कि मैं नहीं टेस्ट के लिए मुझे ना स्टाफ चाहिए होगा स्टाफ आ, तो उसके लिए फिर बिजनेस आवर्स में यानी जो <coughs> मॉर्निंग में ज़रूरी है तो वो ऑफ टाइम नहीं ले लिया जा सकता लेक्चर्स का तो यह है ना कि आप शाम को भी ले सकते हैं अफ्तारी के बाद भी ले सकते हैं ठीक है ना और मेरे लेक्चर तो वैसे ही ख़त्म हो जाने मेरा ख्याल है, है रमज़ान के शुरू शुरू तक में ख़त्म हो जाए ठीक है थर्टी सिक्स हो गए पंद्रह मिनट तुम लोग लेट करते हुए जनाब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन आई जस्ट क्विकली स्किम थ्रू इट ठीक है बेटा मैं टेस्ट के बारे में ना आपको बताऊंगा अरीज आपने मुझे तो याद कराना है इस आज के लेक्चर के एंड में वो भी बड़ा जरूरी डिस्कशन है ठीक है तो एंजियोजेनेसिस, ठीक है एनजियोजेनेसिस वही बात है कि नए वेसल्स का बनना है जहां पे ये मैंने कल काफी बात कर ली थी कि जिन टिश्यूज का ब्लड फ्लो कॉन्स्टेंटली ज्यादा होता है तो वहां पे फिर ब्लड वेसल्स नए बनना शुरू हो जाते हैं ठीक है थीके? तो इसको एनजियोजेनेसिस कह देते हैं ठीक है उसके बाद कोलेट्रल्स हैं वाली बेटे कोलेट्रल्स हैं कोलेट्रल्स क्या होते हैं कि जब जहाँ पे कहीं ब्लॉकेट हो जाता है और वो लंबा खिंच जाता है क्लासिकल एग्जांपल कॉर्नरी है बाय द वे हार्ट में कोलेट्रल्स बहुत से बनते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है बनते रहते हैं वरना तो बड़े फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक्स होना शुरू हो जाए क्योंकि मैंने आपको सारा एथ्रोस्स का वीडियो में भी और जुबानी भी आपको मैंने समझाया है कि वो एक प्रोसेस है जो लगातार एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह चल रहा है वो थर्टीज के बाद 35 age के बाद वो वो वो होता होता होता है तो है है है है और सकनात ठीक या या तो accelerate होता है या स्लो होता है। सो बात ये कि जब कॉर्नरी को किसी को प्रेस कर देता है या उसमें उसके वेलकम बैक ब्लड फ्लो रुक जाता है जब ब्लड फ्लो रुक जाता है और ये एक लंबे अरसे के लिए होता है उसने तो वो एथरेस्टोरोटिक जो प्लैक होता है जो अंदर आ गया होता है उसने तो कहीं नहीं ना जाना वो तो वहीं का वहीं है अनलेस उसको सर्जरी के तौर पर उसको रिमूव किया जाए या कुछ मेडिसन के तौर पर उसको या एहतियात करके उसको आहिस्ता आहिस्ता आता से झायल किया जाए उस वो तो वहीं बैठा रहेगा तो ब्लड फ्लो को उसने रोकना है अब जो ब्लड फ्लो को रोकना है और ये क्रॉनिक हो गया मामला तो क्या होगा कि ब्लॉकेट से पहले कोलेटर्स बनना शुरू हो जाएंगे और उसको बाईपास करेंगे उस ब्लॉकेट को बाईपास करेंगे ठीक है इन्हें कोलेट्रल्स कहते हैं सीधी सी बात ठीक है तो ये कार्डियक ये जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है सी ए को कहते हैं जो दुनिया की चंद कॉमन तरीन डिजीज में मोस्ट जान लेवा तरीन डिजीज में शामिल है बाए कॉरनरी आर्टरी डिजीज नंबर वन काज ऑफ हार्ट अटैक्स ये इसमें कोलेट्रल्स अल्लाह का को शुक्र है बनते रहते हैं तो बचत होती रहती है और कोलेट्रल्स और मजीद कैसे बनते हैं बेटे जब हम वॉक करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हार्ट पे एक बड़ा हेल्दी किस्म का वजन पड़ता है जिसकी वजह से वो मजबूर होता है कोलेट्रोल्स बनाने के लिए तो ये एक बड़ा इसलिए कहते हैं हार्ट पेशेंट्स को कि आप जो टॉलरेट कर सकते हैं वॉक वो ज़रूर करें वॉक ज़रूर करें उससे ये होता है कि कार्डियोबैस्कुलर एक्सरसाइज है वॉक उसमें एक ब्लड फ़्लो इंक्रीज़ होता है हार्ट में ब्लड फ़्लो इंक्रीज़ होता है जब ब्लड फ़्लो इंक्रीज़ होता है या हार्ट पे हल्का सा प्रेशर पड़ता है कि भाई अब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो हार्ट को मजबूरन वही बात है कि यूज़ इट और लूज़ इट या आप यूज करें या लूज करें बॉडी का एक बहुत सॉलिड प्रिंसिपल है यूज इट और लूज इट वाली बात तो जब आप हार्ट को यूज करते हैं तो हार्ट फिर मजबूरन ये कोलेट्रल में जाता है एनजियो में जाता है वगैरह वगैरह कंट्रोल और ब्लड फ्लो लास्ट स्लाइड थी वो आप देख लेना उसमें विजोडायरेटिस की लिस्ट है और उसमें की लिस्ट है ठीक है तो ये बात हमारी कंक्लूड हो गई लोकल ब्लड फ्लो कंक्लूट हो गया अब हम आते हैं स्पेशल uh, सर्कुलेशन जिसको मैं कह रहा हूँ या रीजनल सर्कुलेशन ये दोनों एक ही बात है वो स्लाइड मैं में स्पेशल लिखा हुआ है और जो नाम है वीडियो का रीजनल सर्कुलेशन है वो ख़ैर है वो, वो मसला नहीं है uh, इनमें हमने uh, पहले दो स्लाइड्स पहले काफ़ी लंबा वो चंक है वो रिवीजन है उसको मैं, मैं अभी रिसेंटली हमने किया है uh, क्या है में लेट्रल्स यूजली कंस्ट्रिक्टेड होते हैं छोटे मैसेज होते हैं और वेलकम बैक मेन अगर आदि भी खुली है तो प्रेफरेंशियल चैनल वही है लेकिन जब प्रेशर डालेंगे आप तो फिर कोलेट्रल्स यूज होंगे गुड क्वेश्चन अच्छा जी अब आ जाएं आप रीजन सर्कुलेशन पे, ठीक है वो वाला पार्ट शुरू वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया मैं डायरेक्ट कॉर्नरी की बात कर रहा हूँ अच्छा जी कॉर्नरी में सवाल कर लो बेटे पहले मुझसे मैंने मेरा तो ख्याल है मैंने बहुत बात है खुद तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं खुद भी जब आप लोगों के लेक्चर के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ तो मैं वो वीडियो पहले सुनता हूँ ठीक है ना तो मैंने सुनी है काफ़ी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव किस्म की वीडियो है वो मैंने सारी बातें मेरे ख्याल से की हैं तो उसमें मैं सुनना चाहूँगा कि आपको कॉर्नरी सर्कुलेशन में क्या कन्फ्यूजन है भाग्य सारे कॉर्नरी सर्कुलेशन क्वेश्चंस प्लीज नहीं बेटे आपको तो क्लियर है वो एक बच्चा बीच में बोल रहा था कि समझ नहीं आई वो बच्चा किधर है सारा क्लियर हो गया हम कॉर्नरी को स्किप कर दें ये लॉजिक मैंने समझाई भी है शाबाशे वैसे ईशा शाबाशे है आते ही तुमने पहला जो बम मार दिया हम पे कह सम नहीं लगी तो समझ बेटे कैसे लगेगी है कमाल हो गया अच्छा जी वेलकम बैक चलो क्विकली लॉजिक ये है कि अगर आप कॉर्नरीज को दबा देते जैसे आप आ, हर जगह आ, नहीं नहीं मैं नहीं पूछ रहा ये पूछ रहा है वैस पूछ रहा है कि कॉर्नरीज ऊपर क्यों पड़ी हुई होती है नॉर्मल टिश्यूज़ की तरह ऐसे बाजुओं में और बाकी जगह जो आर्टरीज होती हैं वो अंदर दबी हुई होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है वो डीप होती हैं ऊपर होती हैं वें सरफेस पे होती हैं या क्लोज़ टू सरफेस होती हैं राइट हार्ट में ये उल्टा है कॉर्नरीज ऊपर पड़ी हुई हैं तो वो क्यों पड़ी हुई हैं वो इसलिए पड़ी हुई हैं कि अगर आप उनको मसल्स के अंदर दबा देंगे और मसल्स यानी इस ऑर्गन का काम ही कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सिखों वाला लतीफा हो जाएगा वो सिखों का यान एक, uh, एक, uh, uh, तो मतलब एक लतीफा हो जाएगा कि आपने एक ऐसे ऑर्गन को जिसका काम कॉन्ट्रेक्शन करना है ठीक है वो उसमें आर्टरीज़ अगर इम्बेडेड होंगी अंदर जो मेन सप्लाई आर्टरीज़ हैं, वो इम्बेडेड होंगी टिश्यू के अंदर तो और उस और इसका काम ही कॉन्ट्रैक्ट करना है अब मिसाल के तौर पर किडनी है या लंग्स है ठीक है या जीआईटी है उसमें जो आर्टरीज़ हैं उसमें तो आर्टरी जनाब आप डीपली एम्बेड करें ना उसमें कोई मसला नहीं है ठीक है वो सप्लाई करें और आराम से अपना काम करे लेकिन एक ऑर्गन जिसका काम ही कॉन्ट्रेक्शन करना है उसमें अगर आपने उसके टिश्यू के अंदर डीप आ, वो कर, रख दी तो कॉन्ट्रेक्शन के वक्त उसने टोटली बंद हो जाना मेन फीडिंग आर्टरी ने यह वजह होती है कि आर्टरीज़ को ऊपर रखा जाता है और उसके उसमें जो परफोरेटर्स हैं उनको मायोकार्डियम के अंदर आ, तक जाने जा, यानी उनको अंदर तक पहुंचाया जाता है कि अगर वो दब भी जाएंगे मेन आर्टरी तो नहीं ना दबेगी वो तो सफर पड़ी भी है और दूसरी बात यह कि सारे के सारे परफोरेटर्स भी बिल्कुल जीरो फ्लो पर नहीं जाते कोई ना कोई कुछ ना कुछ, ना कुछ खुला हुआ होता बेटे परफोरेटर्स आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग कॉर्नरीज तो ऊपर पड़ी हुई है ना इसलिए उनपे कम प्रेशर होता है ये परफ्यूरेटर्स हैं वो जो नीचे वाली डायग्राम नहीं वो जो ऐसे करके मैंने बनाया एक है एक स्ट्रिप्स ये उसमें जो परफ्यटिंग आर्टरी हैं वो दबती है ठीक है चलो ठीक है ओके, व्हाट वनाब और कोई सवाल है से रिलेटेड कोई सवाल आपको इसकी रेगुलेशन समझ आ गई है बेटे इसकी रेगुलेशन में सिंपेथेटिक जो कंपोनेंट है ना उसका सवाल आता है ये बात याद रख लेना बाद में ना रोना रेगुलेशन ऑफ कॉर्नरीज में नहीं आई समझ मिस्टर इमाजुलद्दीन संगी मुझे पता यूर अ गुड स्टूडेंट तुमने वीडियो नहीं देखी हो नहीं जैसे हमारी वो दूसरी बेटी ने नहीं देखी तुमने भी नहीं देखी हो नहीं और अब तुम कह रहे हो समझ नहीं आई आप ये कहें कि मैंने पढ़ाई नहीं है जब कहते हैं समझ नहीं आई तो दैट टेल्स मी के यू हैव सीन द वीडियो और उसके बाद आपको समझने लगी अच्छा उस केस में फिर मैं ज़ाहिर आपसे एक्सपेक्ट करूँगा अच्छा नो no क्वेश्चन सॉरी बस ठीक है फिर तो ठीक है तो सब बच्चों को मैं दोबारा बता रहा हूं कि कॉर्नरी में जो रेगुलेशन uh, वाला कंपोनेंट uh, वो पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पे लोकल फैक्टर्स हैं ये हाँ जी नॉर्मली नॉर्मल तो लोकल फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली रेगुलेशन को लोकल जब फैक्टर्स जमा होना शुरू हो जाते हैं तो वो हर चीज़ को डोमिनेट करते हैं ये बात अपनी याद रखनी तो है तो अगर सवाल ये आए कि प्रेफरेंशियल रेगुलेशन कौन करता है ए करता है या लोकल फैक्टर्स करते हैं और लोकल फैक्टर्स में जाहिर है वो फिर चीज़ें गिनवा भी सकते हैं आपको कि ऑक्सीजन है या वो विजिटैलिटी सबस्टांसि हैं तो उसमें फिर आप उस लिहाज से जवाब देंगे ठीक है रिम्बर आपको सिर्फ एम आते हैं तो एम सी क्यूज़ में किस्म के एम हो सकते हैं और दूसरा सवाल जो बड़ा की आता है वो ये है कि सिंपथेटिक का जो आ, के जो ड्यूबल इफेक्ट है सिंपथेटिक पहले तो वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन करता है जैसे मैंने बड़ी क्लियरली डिस्क्राइब किया है वीडियो में पहले वेज ऑफ करता है ठीक है ना लेकिन उसके बाद बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन जो वर्क करवाता है हार्ट से उसमें क्या होता है कि वो सारी चीज़ें कंज्यूम होना शुरू हो जाती हैं ठीक है uh, वेलकम बैक वही सारी बात जो बेटे मैंने कल आपसे जिक्र किया था है? कि लोकल फैक्टर्स क्या होते हैं वो वेजो होते हैं यान डिमांड थ्योरी होती है ठीक है ना तो वो फिर जब जैसे ही वो किक इन करता है तो फिर ये जो लोकल फैक्टर्स हैं ये सिम्पथेटिक सिस्टम की जो वेजो कंस्ट्रक्शन वाला इफेक्ट है उसको ठपना शुरू कर देते हैं और वेजो शुरू हो जाती है तो सिंपथेटिकेशन में पहले वेजो होती है जो कि अगर आपने ये नतीजा अखज़ किया है कि यार ये तो बुरी है सिचुएशन में तो बिल्कुल सही नतीजा अखज़ किया ये बुरी ही है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत टेंपरिरी होती है और थोड़े से होती है थोड़ी देर के साथ ही क्योंकि का डायरेक्ट एक्शन हार्ट पे है, ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है हार्ट तो वो लोकल फैक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो फिर अपने, अपने काम पे आ जाते हैं और वेटेशन करा जाते हैं यह है जनाब मेन चीज कॉर्नरी सर्कुलेशन की रेगुलेशन का मामला ठीक है उसके बाद डिजीज का मैंने जिक्र किया वो देख लेना सर्कुलेशन इसमें एट वन और बीटा वन रिसेप्टर्स को हम इस बेस पर डिफ्रेंशियट करते हैं हाँ जी अल्फा वन जो है वो वेजो कंस्ट्रक्टर है यानी उस पर अगर सिम्पथेटिक्स लगेंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और अगर बीटा पर लगेंगे तो वेजो होगी ठीक है ज़्यादातर लोगों में आ, जैसे मिक्स ही होता है और डायरेक्ट इफेक्ट इसका भाई अब देखो ना अगर तो किसी के बीटा रिसेप्टर ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा फायदा हो गया कि उसका लोकल फैक्टर्स भी वेजो करेंगे और सिंपेथेटिक का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो भी वेज ऑफ है तो उसको तो फायदा हो जाएगा हाउेवर जिसके अल्फा एल्फामन ज्यादा है उसमें फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो वो मेनली वो वो बचत कराएगा इसकी लोकल फैक्टर ज्यादा बचत कराएंगे ठीक है या ओके सी सर्कुलेशन में भी लोकल फैक्टर्स ही हैं जो ज्यादा इफेक्ट करते हैं लोकल फैक्टर्स ठीक है और ओके uh, okay. और इसमें वही ऑटो रेकुलेशन एक्टिव रिएक्टिव हाइपरीमिया वगैरह सारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट वेजो डायटर से होने चाहिए या... चलो को पूछ लिया जाए तो याद करने की ही जरूरत होती है अब यह फैक्ट्री कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आइन ज़्यादा बेजो डायलिट वेलकम बैक तो बात हो रही थी ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेजो ठीक है अब ये बात याद रखने वाली बात है ठीक है लेकिन फिर भी समझूंगा कि अगर किसी ने एमसीक्यू इसी बात पे बना दिया तो उसने कोई बहुत फंटेस्टिक काम नहीं किया ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है और ये रिकॉल बेस्ड है यानी अगर याद रहे तो याद रहे वरना ही उड़ जाती है बहरहाल इस तरह के एमसीक्यूज अगर आते हैं तो बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि मेन जो वेजो है वो ब्रेन में कार्बन डाऑक्साइड और हाइड्रोजन है ओके। okay. नहीं वो अभी नहीं करूंगा लेक्चर कहीं कहीं चले जाएगा। कंजोनाइटली बस ये बात सुन लो कि कंजोनाइटली कुछ लोग यानी बचपन से कंजोनाइटल यानी बाई बर्थ कुछ लोगों की कॉर्नरीज जो है वो थिन होती हैं। पतले कैलिबर की होती है उनकी साख्ती ऐसे होती है तो उनमें सीएडी ज्यादा बनने का खदशा होता है, निज़ारे स्मॉल है तो आराम से का उनको कर सकता सर्कुलेशन ने कर ली है ठीक है अगेन उन बच्चों के जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनके लिए लेक्चर उनके सर से गुजर रहा होगा हमारा फॉर्मेलिटी बेटे ये है कि यू वॉच द लेक्चर और बाय अभी भी आपको अगर होश आ जाए तो अच्छी बात है अब आगे जो नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स हैं वो बड़े की लेक्चर्स हैं इसमें ब्लड प्रेशर रेगुलेशन की मैंने बात करनी है कार्डिक आउटपुट की बात करनी है और शॉक की बात करनी है ठीक है न uh, हल्की सी कार्डिक फेलियर पे भी मे बी मे बी नॉट ये तीन टॉपिक्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर कार्डिक आउटपुट शॉक ये आप समझे हैं कि आइसक्रीम में के डब्बे की जो आइसक्रीम है ये वो है सर्कुलेशन के लिए कौन में जो आइसक्रीम है ये वो है तो इसमें आपने बिल्कुल कोताही नहीं करनी आपने लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो हम इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं इसकी पल्ले पड़ेगा वरना आपको कोई पल्ले नहीं पढ़ना और जाया होगा काम ठीक है ना आपका टाइम जाया होगा ये वाला जो आपका मेरे साथ फेस टाइम है ना सॉरी ये फेस टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका इसका कोई फायदा नहीं है अगर आपने अगर आपको पहले से आता नहीं है या सॉरी आपने पहले से थोड़ा सा पढ़ा नहीं है ठीक है ना तो याद रखें नेक्स्ट वीक आप नेक्स्ट वीक से आपने प्रॉपरली पहले से पढ़ा इसलिए मैं एक हफ्ता पहले आपको सारे लेक्चर्स भेज देता हूं उनके लिंक्स से भेज देता हूँ कि आप अपने टाइम पे आराम से उसको पढ़ते रहें ठीक है सर्कुलेशन का वही एक पॉइंट है कि आईपोक्सिया यहाँ पे जो बच्चे अभी एड हो रहे हैं वो इस वाले लेक्चर को शुरू से देख ले मैंने पलमरी के बारे में एक बात की थी पलमरी सर्कुलेशन यूनिक है बाकी सर्कुलेशंस के मुकाबले में इन वन एस्पेक्ट वैसे तो इन मेनी एस्पेक्ट लेकिन ऑक्सीजन uh, uh, की कमी जब फेस करती है तो वो वेजो उसके वैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं मिसाल के तौर पर एक पूरी अब आप समझे राइट लंग है राइट right लंग को आप इमेजन करो पूरा ठीक है उसका एक पैच है एक जगह है जहां पर हाइपोक्सिया हो गया जहां पे बाहर से जो एयर आप ले रहे हैं उस पैच में नहीं पहुंच रही किसी भी है वो ब्लॉक हो गया हो जाता है। वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही एयर नहीं पहुंच रही यस हो गया हाइपोक्सिया मैं अच्छा मैं बार बार हाइपोक्सिया वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों को पता है हाइपोक्सिया क्या होता है होता है फिर क्या होता चलो वैस हमेशा या तो आगे जा रहा होता है या पीछे जा रहा होता है राइट लंग so, right हमने बनाई उसमें एक पैच है, वहां पर हाइपॉक्सिया हो रहा है तो आपको समझ में आ रही है कि इसका क्या मतलब है ठीक है ऑक्सीजन हाँ। कम आ रही है वहां पर कोई ब्लॉक हो गया या कुछ हो गया अब इस जगह आप ब्लड को लाना चाहेंगे गैस एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजनेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड यानी उतारने के लिए इस जगह लाना चाहोगे आप ऑबियसली नॉट भाई वहां पे एयर ही नहीं आ रही दरवाजे बंद हो गया तो वहां फ्रेश ऑक्सीजन भी नहीं होगी जाहिर है सप्लाई लाइन कट हो गई है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को भी आपने क्या कर देना है Uh, को आपने क्या देना है यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे थैंक यू uh, कार्बन डाइऑक्साइड uh, जब दरवाजा है तो वो कैसे करेगी तो गैस, इस, इन दोनों का नाम गैस एक्सचेंज कहते हैं कि गैस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगी यस yes? इस जगह पे आप एक्चुअली वेजो कंस्ट्रिक्ट करोगे ये है बात समझने वाली हाइपोक्सिया बाकी टिश्यूज में जहां भी होता है हाँ, बेटे वो एक मसला हो जाता है उन बॉडी के, के, के, हाँ। के वहां पर जब हाइपोक्सिया होता है तो सिस्टम उलट हो जाता है कि लंग में अगर हाइपोक्सिया होगा किसी जगह का वहां पे आप वैसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे क्योंकि ब्लड पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है यह बात नोट करने वाली है सो so, अगर आपसे कौन, कौन सा लोकल फैक्टर पहली बात तो लोकल फैक्टर है मेन जो कंट्रोलर है बल सर्कुलेशन का वो लोकल फैक्टर और उनमें भी मेन कौन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है ये मेन चीज अब का सवाल तो बेटे पलमरी सर्कुलेशन में और ब्रकियल सर्कुलेशन में क्या फर्क है चल, अब बच्चे फंसेगे वैसे आना चाहिए एफएससी में पढ़ा होना डेफिनेटली पढ़ा होना मैट्रिक में भी पढ़ा होना मरी सर्कुलेशन और ब्रोंकियल सर्कुलेशन में क्या फर्क है <laughs> अरे बोंगी छोड़ दिया आपने बेटे इस बोंगी को पकड़ के ना पैक करके रख लो साइड पे पर बैस थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये आप समझ नहीं लगी आपकी बात की सर्कुलेशन में कहा सर पनरी हार्ट से आती है ठीक है हेरा यह बात भी ठीक है इट्स ओके रीच हिरा बच्चे ब्रॉन् सर्कुलेशन कहा से आती है नहीं नहीं वैस चलो नहीं बेटा नहीं होते ब्रोंकियल में होते आप सुन लो अब तसली तो सुन लो रेस्पिरेशन शायद आप का मेरे साथ नहीं होगा वहाँ आप ये पढ़ोगे जो पलमरी सर्कुलेशन है उसमें पलमरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है ठीक है लंग्स के अंदर जाती है और इसका काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना और कार्बन डाइऑक्साइड उतारना और फिर पलमरी so आर्टरी में जो ब्लड होगा वो डिऑक्सीनेटेड होगा यस और जब ये पलमरी वेन बन जाएगी तो पलमरी वेन में थेर्चो थेर्चो बेटे थेर्चो। मैं कर दूं। फिर आपको में आ जाएगी बात जब आर्टरी ऑक्सीजन पिक करके वेन बनेगी तो पलमरी वेन में ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा ये वाहि वेन है बॉडी की जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता यस बाकी बच्चे यस। इसका बेटे ताल्लुक यही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसका ये चीज है जिसकी वजह से आपका ब्लड ऑक्सीजनेट होता ठीक है अब आए आप दूसरी तरफ भाई ये लंग्स जो हैं, ये भी तो एक टिश्यू है ना ये भी तो सेल्स हैं, इनको भी तो जिंदा रहना है इनको इनको अपने सस्टेनेंस uh, के लिए ब्लड कौन प्रोवाइड करेगा इन्होंने इनकी भी तो सेल्स है ना उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ठीक है कि ये ऑक्सीजन के समंदर में बैठे हुए हैं लेकिन ये वो वाली सर्कुलर वो वाली ऑक्सीजन बहुत कम यूज कर पाते हैं जो लंग का वेलकम लंगे आता है इट्स वेरी वियर लुकिंग एट माई सेल्फ फॉर फ्रॉम चंद सेकेंड अगो इट्स वेरी व्यड क्योंकि इसमें जो मैं लाइव हूं अपने इसमें फोन में देख रहा हूं इसमें तो जो मैं बोल रहा हूं वो ये वो वो साथ, साथ है लेकिन जो स्क्रीन पे है वो डिले है It's very weird. अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो alveoli है जो जो airways हैं airways lung का जो tissue है जिसको parenchyma कहते हैं उसके अंदर घुसेड़े गए होते हैं ना आपने लंग तो खाई होगी बकरे की यस yes? तो वो जो वो जो वो जो होती है फेफड़े और वो जो उसके बाहर जो वो जो चॉकलेट कलर का जो मटेरियल होता है वो उसकी लंग पेरन कमा होती है वो उसका एक तरह का गोश्त होता है इस तरह समझ लो जिसमें इलास्टिकलास्टिक सीढ़ी होती है वगैरह वगैरह अरे जो मैं बहुत मजे से खाता हूँ अच्छा इन शही बहुत मजे खाऊंगा और मैं तस्वीर भेजूँगा तुम्हों को अच्छा हाँ। हम लोग कार तो अब ये जो पेरेंकी माँ है जो इंतहाई जरूरी है इसको ब्लड कौन सप्लाई करेगा ब्रोंकिअल वेसल्स ब्रॉंकियल वेसल्स सप्लाई करेंगे तो याद रखें ब्रोंकिअल वेसल्स दे सप्लाई द टिश्यू ऑफ द लंग्स उनका काम ऑक्सीजनेशन नहीं है उनका सिंपल काम है ब्रॉन्ल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है जैसे हर नॉर्मल आर्ट्री लेके आती है ब्रोंकिअल वेन डी ब्लड लेके जाती है हार्ट की तरफ जैसे कोई भी नॉर्मल वेन लेके जाती ठीक है अब ये हम यहां पहुंचे कैसे थे कोई एक्सप्लेन करें याद कराए मुझे हम ये ब्रॉम पे आए कैसे थे हम तो पल्मरी के साथ बात कर रहे थे सवाल क्या था यहां भी वो ब्रांकिल का जिक्र नहीं है अच्छा चलो ठीक है खैर खैर कोई नहीं अच्छा जी अभी हो होगी वेलकम बैक तो रिनर सर्कुलेशन का पहले भी जिक्र हो चुका है जो ऑटो रेगुलेशन का जिक्र हुआ था बल्कि मैं हुआ था हाँ जी तो वो हाइपोक्सिया में जब हाइपॉक्सिया होता है तो पलमनरी वे अच्छा सारी गुड सवाल जब हाइपोक्सिया होता है बेटे तो पलमनरी जो सर्कुलेशन होती है वो कंस्ट्रक्ट होती है ब्रोंकिन अपना काम करते रहते हैं वेरी गुड क्वेश्चन शुक्र ये वाकई आ गया सवाल दोबारा सही में आ गई सवाल का जवाब आ गया तो लंग्स में आज आपको पता लगा दो सर्कुलेशन चल रही हैं पैरेलल में एक ब्लड को ऑक्सीजेशन कराने के चक्कर में दूसरा लंग को जिंदा रखने के चक्कर में ठीक है पलमरी सर्कुलेशन और ब्रोंकियल सर्कुलेशन ठीक हो गया बात अब आगे रीनल पे आ जाए रीनल की हमने गल कल बात की थी कल बात की थी ना रीनल की हम बात कर रहे थे वो 82 180 के दरमियान वो ऑटो रेगुलेशन होगी सारी वो किडनी की थी और किडनी मशहूर है ऑटो रेगुलेशन के लिए और मैं कॉर्नरी में हाइपॉक्सी बेटे बता दिया मैंने जैसी ऑक्सीजन कम होगी तो विजुडाइलेन होनी शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी बताया है, तो है लोकल फैक्टर्स लोकल फैक्टर्स कॉनरी के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अवैस समझ आई कॉर्नरीज में सर्कुलेशन में लोकल फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें ऑक्सीजन इज द मेन ड्राइवर बात की थी हमने अच्छा जी रीनर सर्कुलेशन रीनर सर्कुलेशन में ऑटो रेगुलेशन इज द मेन फीचर इसमें रिएक्टिव हाइपरिमिया वगैरह का कोई खास वो नहीं है मेन चीज ऑटो रेगुलेशन है और उसमें मेन चीज क्या है कह दो मजा आ जाए बता दो ये लेक्चर सुनने वाले हजरात को मेहनत ज्यादा सुने हुए जो है वो ज्यादा खुशी से बताना पसंद करेंगे मायोजेनिक मायोजेनिक मेके याद है वो मैंने बात की थी कि जब पीछे से प्रेशर ज्यादा आता है तो रीनल वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं रोक देते हैं ताकि ठीक है ये सवाल आ सकता है कि ऑटो रेगुलेशन आ, में जो आ, की चीज है वो क्या है किडनीज कैसे अपने अ, अपने आप को ऑटो रेगुलेट करती हैं जी बिल्कुल वो बेटे जी एफ फीडबैक जो है वो जी में चला जाता है हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम इसे बात कर रहे हैं टोटल ब्लड फ्लो टू द किडनी इट्स सेल्फ एज एन ऑर्गन वो क्या है आपकी बात दुरुस्त है वो है ग्लोमेर में जो ब्लड फ्लो आ रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए भी वो मामला फीडबैक वाला आता है अच्छा जी और क्या रह गया सवाल है कोई पूछ लो किडनी का किडनी से सवाल पूछ लो किडनी से कोई सवाल पूछ लो तो, अगर है तो वरना फिर अभी है हाँ मेजर टेस्ट के बारे में बात कर करू अब तो सारे मतवे हो गए होंगे टेस्ट का जिक्र जो आ गया है मैं एक साथ और भी करता क्या, क्या मतलब को ही थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं यानी तुम समझ के बैठे हुए हो और मतलब तुम बस गप लगाना चाह रहे हो है खुद पढ़ो जाके मैं शरारत करने लगा हूं मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकता हूं जो अब होने लगा है आपके साथ यू डेड नॉट नो दैट आई को टेक्सट आई डेड नॉट नो आई को टेक्सट लेकिन अगर आप साथ उसको लगा लें मैंने स्प्रिप्ट लगाया अपने मॉनिटर पे। अब मैं सारे झटके तुम लोगों को दिया करूंगा बेटा यस रेडी योर जॉब अच्छा ऑन अ सीरियस नोट ऑन अ सीरियस नोट टेस्ट जो है आपको पता है कोरोना है वगैरह वगैरह लेकिन पहली बात तो ये बेटा जी के टेस्ट जो है वो लाजमो मंजूम होता है पढ़ाने के साथ आ, आ, अच्छे बच्चों के लिए भी और ख़ास तौर पर नलयकों के लिए और जाहिर है आप ये कोई सद, सदक़े के तौर पर तो नहीं ना पढ़े आपने यूनिवर्सिटी का एक इम्तिहान पास करना है तो यूनिवर्सिटी को तो नहीं ना कोई क्या पढ़े उसको क्या कि आपको कितनी नॉलेज है क्या है उनको तो नहीं समझ वो तो नहीं समझ सकते इस बात को उन्होंने तो आपका इम्तिहान लेना है तो जब तक हम आपका इम्तिहान नहीं लेंगे आप उस इम्तिहान के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो मुझे पता है कि आपको टेस्ट कितने अच्छे लगते हैं किसी को भी नहीं अच्छे लगते हमें भी नहीं अच्छे लगते जब आपकी स्टेज पे थे लेकिन टेस्ट जो है ना वो आ, एक हकीकत है ठीक है ना जैसे जिंदगी के साथ मौत हकीकत है वी डोट लाइक टू डाई मोस्ट ऑफ आस बट उसने आना है हाई हाई, बड़ी गंदी एग्जांपल दे दिया <laughs> मौत को कंपेयर कर दिया टेस्ट के साथ नहीं इतना हार्ड नहीं होगा इन तो टेस्ट अब कैसे लिया जाए ये एक सवाल है तो मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट हम किस चीज पर लेते हैं ये एक सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है Socratic हाँ। Socratic। क्या, क्या, क्या होता है कि क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेक्शन uh, और हमारा स्टाफ कंडक्ट करता है पेपर ऑबियसली मैं सेट करूंगा और वो पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट uh, होता है आप उसमें लॉगिन करते हैं एक तरह का क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम बना हुआ होता है अच्छा पहले बताना था ना वेरी गुड सो यू हैव एक्सपीरियंस तो बस वही होगा सॉकटिव का ही होगा ठीक है उसमें वो रिश्लिंग वगैरह होती है लेकिन आई एम श्योर उसका भी तुम लोगों ने कोनों को तरीका निकाल लिया उन्हें लेकिन आ, बेटा मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को ही कहता हूँ कि अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है ना तो आपके नंबर कम भी हो जाए या कम भी आए तो कोई बात नहीं अल्लाह आपको कहीं ना कहीं से उसको कंपनसेट कर देगा क्योंकि आप ऑनेस्ट आदमी हैं लेकिन अगर आप डिसनेस्ट हैं और आपके नंबर ज़्यादा आ गए मेरे डिक्शनरी में और बाय द वे आगे भी आपको इस बात समझ में आएगी उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो हर हर चीज़ का Welcome back. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वो इनशाला अच्छा डिफिकल्टी क्या आई थी वो एक बच्चे का मैंने कॉमेंट पढ़ा है डिफिकल्टी आई थी कोई इसमें वो डिसकनेक्ट हो था है वो वाली बात कर रहे हो बेटे अभी किसी बच्चे ने ऊपर मैं किया है डिफिकल्टी ईशा बेटे अच्छा मैं अगर पूरे दूध में प्योर दूध आपको दो ग्लास में एक छोटी सी मैंगनी डाल दू उसमें मैंगनी छोटी सी है दूध पूरा है आप पियोगे बेटे उसको हाँ ये ओपन नहीं होती या वो डिस्कनेक्ट हो जाती है मैंने सुना नहीं ना पियोगे तो गंदे बच्चे चीटिंग भी छोटी और ज्यादा नहीं होती नाजायज काम नाजायज होता बेटा थोड़ा बहुत ज्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट फॉरन खत्म कर दो अपने दिमाग से निकाल दो गलत बात गलत बात होती अच्छा वापस इस पर डिसकनेक्शन का मसला हमें सबसे ज्यादा आता है बेटा डरो उससे जिससे डरने का हक है बात उसकी मानो जिसकी ओबीडियंस करने का हक है ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा ये बात मैं तो सिर्फ कोर्ट कर रहा हूँ मैंने एग्जांपल मैंने खुद दी है लेकिन जो असूल हैं वो तो आपको पता है कहाँ से आ रहे हैं तो हक तो उनका है जिन्होंने ये असूल बनाए ठीक है ना और बेटे अगर हम नहीं ना अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन सारे असूलों को तो बस फिर हमारी मर्जी है जो जाये करें एनीवे, anyway, वो उस बेचारी पे फोकस आ गया बेटे ईशा आपकी बात सिर्फ नहीं हो रही है। आप क्यों मतौब का अपनी तरफ रुख कर रही हो जनरल बात हो रही है जो भी बच्चे अगर इस तरह की कोई उसमें जाते हैं कमजोरी में जाते हैं तो वो मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा था कि उसमें नंबर अगर आ भी जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है वो आप वो दे डोंट रिफ्लेक्ट योर योर नॉलेज अच्छा मैं डिस्कनेक्शन की बात वाजहे कर दूँ कि जब आप डिसकनेक्ट होते हैं तो आपको एक डिफरेंट पेपर आ जाता है पेपर वही होता है बेटे लेकिन वो आपको ट्रीट करता है सॉफ्टवेयर एज इफ यू हैव जस्ट एंटर्ड द द टेस्ट। तो वो अरेंज उसकी वेलकम बैक उसकी लेकिन एक दो रिकमेंडेशन uh, ये हैं कि आप अपना जिस चीज पे भी आप टेस्ट लें uh, डिवाइस पे, उसको फुली चार्ज रखें और लोड पूरा करके रखें और कोशिश करें कि वाई फाई या जिस डिवाइस से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके पास बैठें ताकि आपको डिसकनेक्शन का मसला ना हो क्योंकि टेस्ट के दौरान डिसकनेक्ट हो जाना इज़ अ वेरी बैड कैन बी वेरी बैड फॉर द पर्सन टेस्ट आता भी हो तो आदमी का ना मोराल थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता ठीक है तो विद दैट वी कंक्लूड कल हम इसको रीजनल ब्लड फ्लो को कंप्लीट कर लेंगे इन शीक है प्लीज़ वे सारे लेक्चर जो हैं साथ साथ पढ़ लें और कल मुलाकात हो ठीक है अटेंडेंस लगा दें ओके बेटा अल्लाह हाफिज लग गए सारी लग गई है सी आर चलो ओके बेटा असलाकुम अल्लाह हाफिज